हाय दोस्तों मैं हूँ दीपक मीणा और आपके लिए लेके आया हूँ फिर से एक नई वीडियो और दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना तो दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते हैं क्योंकि आज अपने पास वैसे भी टाइम तो है नहीं क्योंकि मौसम खराब है वो तो आपको पता ही होगा तो दोस्तों वीडियो को आगे कंटिन्यू करते है तो दोस्तों मेरा तो बस आपसे इतना कहना है की जिस चीज में अपना दिल लगे ना बस उसमें अपनी जान लगा दू तो दोस्तों मैं तो आपको बताई दूंगा कि मेरा किस चीज में दिल लगता है इस वीडियो में और आप भी मुझे बता सकते हो क्योंकि कमेंट में तो दोस्तों वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं तो चलते हैं आगे तो दोस्तों, दोस्तों मेरा दिल लगता है YouTube और Instagram और Facebook पे वीडियो बनाने में तो दोस्तों आपका भी किसी ना किसी चीज में तो दिल लगता ही होगा तो दोस्तों मुझे कमेंट में तो आप बता सकते हो तो दोस्तों वीडियो को आगे कंटिन्यू करते है तो दोस्तों चलते है आगे और दोस्तों मेरे जैसे कई भाई भी हैं जिनका दिल लगता है अपने गांव में मतलब कि अपने परिवार के साथ रहने में तो दोस्तों वीडियो को आगे कंटिन्यू करते है चलते है आगे और दोस्तों एक बात ये भी मेरे से कई दोस्तों ने बोला कि तो अपने घरवालों से अलग रही के पैसे भी ले सकता है और अपनी लाइफ इंजॉय भी कर सकता है तो दोस्तों ऐसा नहीं है क्यूँकी हम खुद भी कमा के अपनी लाइफ इंजॉय कर सकते है तो दोस्तों वीडियो को आगे कंटिन्यू करते है You say there on your chest that wish I uh, could carry the weight on all on my तो दोस्तों मैं तो कुछ ऐसा करता हूँ एक दो महीना अपने परिवार वालों से अलग रह के इधर उधर जाके 10-15000 हजार कमा के फिर जिसके बाद में अपने परिवार के पास वापिस आ जाता हूँ और इस तरह से अपनी लाइफ इंजॉय करता हूँ तो दोस्तों वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं चलते हैं। तो दोस्तों वीडियो को जल्दी ऐसी जल्दी पूरा करने की कोशिश करते है क्यूँकी अभी फिलहाल टाइम बारिश होने वाली है होने वाली क्या है होने लग गई है तो दोस्तों चलते है आगे तो दोस्तों वीडियो को अभी समाप्त करते हैं क्योंकि अभी बारिश सोने लग गई है तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तो चलते हैं दोस्तों तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में